अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए इन सभी झंडों में से किस देश का झंडा उल्टा रखा हुआ है आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है क्या आपने जवाब सोच लिया है तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है इसका उत्तर है पांचवी लाइन में पहला झंडा जो अफ्रीका देश का है वह उल्टा रखा हुआ है